हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है इस बात करेंगे बिहार एलआरसी में अमीन की जो वैकेंसी निकाली गई है आठ पदों पे उसका फॉर्म कैसे फील करेंगे स्टेप बाय स्टेप आज की सोडम बात करेंगे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है बट काफी लोगों का ये कमेंट है कि आप स्पेशल जो है अमीन की जो वैकेंसी निकाली गई है ना आठ उसके लिए फॉर्म फिल करके बताइए क्योंकि उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे इसका मैंने लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर आपका जो है डिप्लोमा बोला गया है सिविल में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल में तो इजिली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कोई आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है आठ हजार दो सौ चौवालीस पर तो वैकेंसी निकलेगी कोई आपका एग्जाम नहीं होगा फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको अप्लीकेशन फी नहीं देना है मिनिमम उम्र आपका जो है 18 होनी चाहिए मैक्सिम जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग डिफाइंड किया गया है किसी को 40 वर्ष किसी को सैतीस वर्ष और आप दूसरे राज्य के भी हैं तो भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है यहाँ पे आने के बाद से आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर आप इस पर क्लिक करेंगे जैसा आप इस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपको पूछता है पोस्ट अप्लाइड फॉर किस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है अमीन करेंगे, लिखनी है यहाँ पे ई मेल लिखना है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है ध्यान रहे जब ई मेल लिखेंगे और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके उस ई मेल पे ओटीपी जाएगा कभी कभी क्या हो रहा है आप लोग को ओटीपी नहीं मिल रहा है तो उस केस में आपको जो है अपना स्पाम जंक या ऑल जो होता है ना मेल का फोल्डर चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा फिर ओटीपी को लिखे यहाँ पे वेरीफाई का बटन आ जाएगा वेरीफाई कर लेंगे इसी तरह से मोबाइल को भी लिख के मोबाइल ओ भेजेंगे और आएगा वेरीफाई करने का ओटीपी लिखने वहां से वेरीफाई कर लेंगे फिर पूछ रहा है स्टेट डोमिसाइल किस राज्य का आप निवासी अगर आप बिहार के तो बिहार चूज करेंगे अदर स्टेट है तो अदर यहां पे चूज कर सकते हैं तो अदर वाले का कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा यहां पे बिहार है तो बिहार चूज करेंगे तो बिहार के अकॉर्डिंग यहां पे देखिए जनरल ईबीसी बीसी सी बी सी किस कैटेगरी से हैं आप अपने कैटेगरी को यहां पे चूज करेंगे इसके बाद आपसे पूछ रहा है होम डिस्ट्रिक्ट आप अपना किस जो है जिला से बिलोंग करते हैं इसकी जानकारी आपको चूज करनी है और यहाँ पे अगर मान लीजिए अदर चूज करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है होम वाला ये हट जाएगा यहाँ पे आपको राज्य चूज करने का ऑप्शन है कि अपना राज्य जानकारी बताइए तो यहाँ पे इस तरह से बता देंगे ठीक है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फिजिकली हैंडीकैप्ट है तो यस करिए नहीं हैंडीकैप्टे है, तो नो करेंगे उसके बस यहाँ पे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप जो है फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करिए वरना नो करिए जेंडर यहां बतानी है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम जो है स्पेलिंग वो लिखेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे आपके आधार कार्ड आपके मैट्रिक के अकॉर्डिंग जो है अच्छे से मैच करना चाहिए डेट ऑफ बर्थ आपका नाम के स्पेलिंग फादर नेम सब चीज उसके बस ईयर लिखना है आपका बर्थडे का ईयर उन्नीस सौ जो भी है आपका बर्थडे यहाँ लिखेंगे ईयर केवल लिखना है डेट और मंथ नहीं केवल ईयर यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे और वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आधार का जो डाटा से वेरीफाई हो जाएगा सर्वर से यहाँ आपने सही सही भरा हुआ है इसके बाद से इस कैप्चर कोड को यहाँ भरेंगे इसको एग्री करेंगे और रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है जैसे फ्रेंड्स आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है आपको एक यहाँ पे यूजर आईडी मिल जाता है यूजर आई को नोट कर लेंगे स्क्रीन शॉट ले लेंगे यूजर आईडी नोट करने के बाद से यहाँ पे एक आपको लिंक मिलता है कि आप इस पर क्लिक करिए अपना पासवर्ड जो है रिसेट करने के लिए तो अब आपको इसपे क्लिक करनी है अगले स्टेप में आपको एक पासवर्ड यहाँ पे बनानी है क्रिएट करनी है जैसे भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उस तरह का पासवर्ड यहाँ पे आप जो है रख सकते हैं और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आपको भरनी है जो भी आपका कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है उसके बाद सेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है पासवर्ड का फॉर्मेट बोला गया यहाँ पे देखिए आठ से दस करेक्टर के बीच होनी चाहिए ए से जेड यूज कर सकते हैं भी यूज कर सकते हैं कि स्पेशल करेक्टर भी यूज कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपका सपोज नाम राजू है तो आर ए जे यू एट वन टू थ्री ऐसे करके आप पासवर्ड जो अपना बना सकते हैं चले हम हाँ करते हैं सेट पासवर्ड पे क्लिक जैसे पासवर्ड पे सेट करेंगे आपका फिर से जो है मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी को यहाँ पे जो है दोबारा से लिखेंगे और सेव करेंगे ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका पासवर्ड जो है सेट हो जाता है अब आपको दोबारा से यहाँ पे जो है लॉगिन करनी होती है तो यूजर नेम यहाँ पे लिखेंगे जो आपको मिला पासवर्ड जो आप बनाए थे वो लिखेंगे। इस कैप्चर कोड को यहाँ नीचे लिखेंगे और लॉगिन करेंगे जैसे आप पे करेंगे, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा अब आपको यहाँ पे देखिए काफी सारे स्टेप्स आपको करने को मिलेंगे तो इन सभी स्टेप्स को आपको अब आप जो है फुलफिल करना है भरना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पे पूछी जाएगी तो यहाँ पे आपको देखिए मदर्स नेम पूछेगा फिर आपका मैरिड है कि अन मैरिड है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो है नेशनलिटी ऑलरेडी चूजन है फिर आपको नीचे आनी है अब यहाँ पे आपको जो है अपना कोरोस्पेंडेंस एड्रेस को फील करेंगे यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम सेम है तो इसको टिक करेंगे सेम सेम कॉपी हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप बतानी है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है ये मैंडेटरी है भरना अगर आप नहीं भरेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा तो आप देखिए स्टार मार्क्स यहाँ लगा हुआ है तो अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो बताइएगा नहीं पता है तो एक बार जांच करवा के आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेगा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बॉडी में एक पहचान आपको बतानी है जो भी आपके जैसे तिल का निशान कटा के निशान जो भी हो पेन नंबर है तो लिखिए पेन नंबर नहीं इसे छोड़ सकते हैं मैंडेटरी नहीं है यू नंबर ईपीएफ नंबर है तो लिखे वरना से आप छोड़ दीजिए इसको सेव करेंगे और गो टू होम पे क्लिक करेंगे अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन भरना है तो क्वालिफिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे जो जो भरते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएगा इस तरह से क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहां पे क्वालिफिकेशन ऐड करना है यहीं पे काफी लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा कि कैसे भरना है क्या भरना है तो एक, -एक स्टेप को समझिए देखिये सबसे पहले आपको मैट्रिक का बोर्ड का नाम लिखना है फिर यहां पर जो है इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम लिखना जहां से आपने मैट्रिक पास करा है आपका जो मैट्रिक जहां से पास करा वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है इसको चूज करेंगे आप किस डिस्ट्रिक्ट से मैट्रिक पास किए हैं सॉरी पहले तो राज्य पूछ रहे तो कि मैट्रिक पास करा है तो यह अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे यहां पे है. सब्जेक्ट बताएंगे कौन कौन से विषय आपने जो है मैट्रिक में पढ़ा है तो हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस इस तरह से आप जो है अच्छे से फील करेंगे बारी बारी से कौमा देकर आप जो है फील करेंगे ठीक है ना तो ये आप अच्छे से फील कर लीजिएगा सभी सब्जेक्ट को मेंशन कर दीजिएगा पासिंग बताना है आप जो है मैट्रिक कब पास किए उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फुल मार्क्स फुल मार्क्स मतलब आपका मैट्रिक कितने मार्क्स का था और आप आपको मिला कितना यहाँ पे आपको बतानी है जैसे 350 मिला अब जैसे यहाँ पे हटेंगे ना तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा अब ध्यान देनी है काफी लोग ये बोलेंगे कि मेरा जो है सी है या और भी ग्रेडिंग सिस्टम वाला है तो हम कैसे भरेंगे तो देखिये इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है सीजीपीए वालों को या जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है उनको जो है कन्वर्ट करना होगा पर साफ़ साफ़ लिखा गया डिस्क्लेमर में एस जीपीए स्कोर यू मस्ट कन्वर्ट इनटू टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑफ एज ए पर रेगुलेशन जो भी आपके रूल्स हैं कन्वर्ट करने का मार्क्स को सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करने का उसी रूल के अकॉर्डिंग आप जो है अपने सीजीपीए को या ग्रेडिंग को जो है मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और सबका होता है रूल अगर आपको नहीं पता है तो आप आपने जो है सर से पूछेंगे अपने स्कूल वालों से पूछेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी टीचर से जो जानता हो तो आप पूछेंगे इजीली वो बता देंगे या आपके जो सीबीएसई होता है ना सीबीएसई के बैक साइड में देखेंगे ना तो वहाँ पे फॉर्मूला दिया रहता है मार्कशीट के बैक साइड में ओरिजिनल मार्क्शीट आपके पास होगा ना तो उसके बैक साइड में देखेंगे तो वहां पर मैंशन रहता है कि कैसे जो है आप मार्क्स को ग्रेड को या सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आपको लिखना है फिर इंटरमीडिएट अगर आपने पढ़ाए पढ़ा है तो इंटरमीडिएट जानकारी भरी अगर आप क्योंकि ये वैकेंसी देखिए डिप्लोमा बेस पे है तो डिप्लोमा तक की आपको जानकारी यहाँ पे ऐड करना मैंडेटरी है मैट्रिक ऐड कर दिए डिप्लोमा ऐड कर सकते हैं अगर आप इंटरवीडियट पढ़े तो इंटरविड ऐड करिए नहीं पढ़े डिप्लोमा डायरेक्ट किए हैं तो डिप्लोमा वाली आपको जानकारी यहाँ पे भरनी है तो डिप्लोमा आप किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं दोनों में से कोई लिखेंगे किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हुआ है फिर वो कॉलेज प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है इसकी वजह से किस राज्य से आपने जो है वो कोर्स किया हुआ है वो राज्य यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे चूज करेंगे और किस डिस्ट्रिक्ट से जो है आप वो मतलब डिप्लोमा जो है सिविल में मांग रहा है अमीन की वैकेंसी में वो आपको बतानी है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो इसको आपको चूज करनी है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बतानी है की कौन कौन से विषय आपके डिप्लोमा में थे इसकी वजह से पासिंग ईयर आपको बतानी है इसकी वजह कितना मार्क्स था तो मान लीजिए सपोज एक का था और आपको मिला मान लीजिए आठ इस तरह से आप 1000 और यहाँ पे 820 लिखेंगे अगर इसमें भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है इसको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा मार्क्स में कन्वर्ट करके इसके बाद अगर आपने पीजी किया हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे नहीं किए हुए तो इसको छोड़ देंगे इसके बाद यहाँ पे आपको सेव करनी है और देखिये जो, जो जो आप किए हुए उसको जरूर भरिएगा क्योंकि जितना आप डॉक्यूमेंटेशन को ऐड करेंगे जितना आप क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे उतना आपको ज्यादा चांस है सिलेक्शन होने का नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं पढ़े हैं ज्यादा इसके आगे भी हायर क्वालिफिकेशन की है तो सबको बारी बारी से ऐड करिए उससे क्या होगा ना यहाँ पे आपको जो है सेव करने पे टोटल पॉइंट्स बनेंगे भले आप क्लर्क वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं या और जो भी और दो तीन तरह की वैकेंसी निकली हुई है इसमें तो सब में जो है मैक्सिमम जहां तक पढ़ाई की सबको एड कर दीजिए बारी, बारी बारी से इससे क्या होगा ना यहाँ पे टोटल एजुकेशन पॉइंट आपके बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा क्योंकि इसमें आपका जितना पॉइंट बनेंगे उतना आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है क्योंकि इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा आपके पॉइंट्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है तो उम्मीद है आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आएगा कैसे ऐड करनी है उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देनी है और गो टू होम पे आ जानी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद से देखिए ग्रीन हो चुका है अब आपको सेमेस्टर डिटेल्स पे क्लिक करनी है तो सेमेस्टर क्या करना है आपको एड करना है तो बारी बारी से जितने सेमेस्टर आपने पढ़ाई किया हुआ उस सबको आप यहाँ पे एड करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज करना है क्योंकि वेन्सी डिप्लोमा बेस पे है जो मैं फॉर्म भर के बता रहा हूं अमीन वाला तो डिप्लोमा चूज करेंगे सेमेस्टर यहाँ पे क्या करेंगे चूज करेंगे फर्स्ट सब पहला आपको सेमेस्टर जरूर मिला होगा देखिए डिप्लोमा जो है तीन साल का होता है तो तीन साल जो डिप्लोमा है उसमें आपको जो है छह सर्टिफिकेट मिले होंगे तो पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर फिर थर्ड ईयर ऐसे करके जो है छह का छह सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर को आप यहां पे बारी बारी सेड करेंगे आपको कितना मार्क्स यहां पर उस वाले सेमेस्टर में मिला हुआ है पे पे आपको क्या करना है है है बतानी कितना हुआ परसेंटेज ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पेड मोर पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे अगेन डिप्लोमा ही चूज करेंगे और यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर इस तरह से बारी बारी से जितने भी आपके सेमेस्टर है वो आपको यहाँ पे बारी बारी से सबको एड करना है मार्क्सिट आपके पास जरूर होना चाहिए और उसी मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे जो है सभी सेमेस्टर को आप जानकारी को एड करेंगे अब ये आप मार्कशीट पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है उसका सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट के ऊपर में ही सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है कोई भी ऊपर नंबर होगा वो आप यहां पे फिल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा टोटल मार्क्स कितना मिला है सेकेंड सेमेस्टर में कितना आपको था कितना मिला है और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे। ऐसे करके जो है, है का सेमेस्टर आप जो बारी-बारी एजुकेशनल वाले में पूछ रहा था मार्क्सट की जानकारी परसेंटेज यहाँ पे वाले सेक्शन में हम कैसे भरेंगे इसमें क्या होता है ना आपका एक लास्ट ईयर में जो है आपका मिलता है सभी सेमेस्टर को कंबाइन करके एक जो है स्कोर निकाला जाता है तो उसकी जानकारी जो सबसे फाइनल ईयर वाला होता है ना फाइनल ईयर में सभी सेमेस्टर वाइज जो है फाइनल ईयर के मार्कशीट पर मिलता है कि फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, में थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में मतलब फोर्थ सेमेस्टर में इतना मिला है सब में जो है सेमेस्टर वाइज जो है डिटेल्स लिख ही रहती है तो उसको सबका मिला के जो परसेंटेज निकलता है वही आपका पता चलता है कि आपको डिप्लोमा में इतना परसेंट जो है पास आउट है इतना परसेंटेज से तो उसी के बेस पर यहाँ पे आपको भरनी है और जो इसके पहले मैंने बताया सेमेस्टर वाइज जानकारी वो आपको सेमेस्टर वाइज जानकारी भरनी है तो ध्यान रहे अच्छे से भरिएगा नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एग्जाम होगा नहीं आपके जो क्वालिफिकेशन भरेंगे ना उसी के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है बार बार मैं यहां आपको ये चीज बता रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए तो ये चीज आप दोनों को अच्छे से ऐड करिएगा उसके बाद आपको फोटो वाले पे आ जाना है फोटो वाले पे आपको अपना जो फोटोग्राफ सिग्नेचर हिंदी सिग्नेचर उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे यहां पर देखिए आपको फोटोग्राफ का जो है दो सौ बाई पिक्सल का होनी चाहिए इजिली अपलोड हो जाएगा पचास के से कम बोला गया है चूज करेंगे यहां पे शो होगा अपडेट फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहां पे शो हो जाएगा उसी तरह से इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर आप इजीली अपलोड करेंगे गो टू होम पे आ जाएंगे फोटो तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से अब आपको डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ जाना है डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करनी है इसकी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है जो जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है वो सब आपको अपलोड करना मैंडेटरी है और यहाँ पे देखिए आपको बोला गया चार से जो है Uh, कम होनी चाहिए और यहाँ पे पीडीएफ में होनी चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में आपको जो है स्कैन करके अपलोड करनी है यहां पे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जरूर आप फॉर्म को अप्लाई करेगा वरना फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है तो आप इसी इंस्ट्रक्शन में फॉर्म को अप्लाई करेंगे फाइल साइज 400 सौ के भी से कम और ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पे दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है अगर मान लीजिए आपका केवल मार्क्सिट है सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहां पर जो है सर्टिफिकेट में मार्क्सशीट को ही अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मार्कशीट अलग है तो दोनों में अलग अलग यहां पे अपलोड करनी है यहां पे देखिए मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी मांग रहा है तो किसी किसी बच्चों का क्या होता है ना केवल मार्क्सिट उसका सब कुछ होता है सर्टिफिकेट भी होता है और उसका मार्कशीट होता है तो उस केस में वो दोनों जगह पे जो है सेम चीज अपलोड कर सकता है लेकिन बिहार बोर्ड में क्या है सर्टिफिकेट अलग होता है मार्कशीट अलग होता है तो उन लोगों को जो है अलग अलग अपलोड करना है उसका होगा और सर्टिफिकेट वाले ऊपर कॉर्नर पर उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका नंबर यहाँ पे आपको मैंशन करना है ठीक है इसको से डिप्लोमा आप किए हैं तो डिप्लोमा का डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिला होगा डिप्लोमा जो होता है उसका एक सर्टिफिकेट मिला होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर पे आपको मेंशन करेंगे उसको स्कैन करके यहां पे अपलोड करेंगे इसके बाद से यहाँ पे मार्क्सिट ऑल सेमेस्टर सेमेस्टर होंगे आपके डिप्लोमा में सिविल में तो उस छो सेमेस्टर को जो है स्कैन करके एक पीडीएफ बना लेंगे मर्ज कर लेंगे एक साथ और उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे आपको एस सी और अगर आप जो है ओ से आते हैं BC, BC, EWS, तो आप अपना जो है जाति सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट यहां यहां पे पे अपलोड करेंगे और उसका नंबर आपको लिखेंगे यहां पे आपको निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करनी है और उसका सर्टिफिकेट नंबर यहां पे आपको लिखना है और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको निवास वाला नहीं मांगेगा जाति वाला भी शायद नहीं मांगे एक बार आप ट्राई करिएगा और यहाँ पे आपको जो अपलोड करनी है सबको ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छे से अपलोड करनी है फ्रेंड्स यहाँ पे सभी फाइल को एक साथ चूज कर लेंगे सर्टिफिकेट नंबर को अच्छे से लिख लेंगे उसके वजह से अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ग्रीन होके आ जाएगा कि सब चीज अपलोड हो चुका है अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपलोड किया है तो यहाँ देख भी सकते हैं अगर किसी को रिमूव करना है तो रिमूव भी करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं चलिए आप सभी को अपलोड कर दिया क्लोज करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे अब आप फिर से होम पेज पर आ जाएंगे अब आपको यहाँ पे देखिए फाइनालाइज का ऑप्शन मिलेगा आप फाइनलाइज वाले पे क्लिक करेंगे जिसे वाले पे क्लिक करेंगे फिर से आपके उस नंबर पे ओटीपी जाएगा और यहाँ पे एक बार डिक्लेयर करना है और एक बार यहाँ पे क्लिक किया टू प्रिव्यू पे क्लिक करके आपको क्या करना है कि मिला लेने कि जो भी आपने जानकारी फील किया वो सब चीज आपने सही से फील किया कि नहीं फील किया है यहाँ पे देखिए प्रिव्यू खुल के आ जाएगा अगर सब चीज सही रहा उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे और ओटीपी को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा देखिए फाइनल पे क्लिक करेंगे ओटीपी लिखेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी रख लेनी है ठीक है तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है बिहार में जो एल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है अमीन के पोस्ट पे बहुत ही शानदार वैकेंसी है आठ वैकेंसी सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपका जो है ये मात्र एक साल के लिए आपको ये जो है नियोजन रखा जाएगा आपको जो है 31 मार्च 2024 तक के लिए यहाँ पे रखा जाएगा नियोजन पे चैन प्रक्रिया मैंने बताया मैट्रिक और डिप्लोमा जो आपके प्राप्त प्रतिशत है उसके बेस बेस्ट आपका यहाँ पे मेधा सूची बनेगा आपका सिलेक्शन होगा उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा मन में कोई भी डाउट है कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ हमें दीजिए जाए तो देखते रहिए डी एस हेल्पिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग चैन